नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कश्मीर फाइल हिंदी फिल्म पर और उससे उठे विवाद पर यह फिल्म अब फिल्म नहीं रहा एक राजनीतिक रूप ले चुका है इसमें इस फिल्म को जो लोग देखने जा रहे हैं वो जय श्री राम का नारा लाकर कर देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और दर्शक लोग उठकर खड़े होकर ऐसा भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग रो रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अन्याय हुआ था इस यह फ़िल्म ने सच्चाई को दिखाया है और लोग हिंदू पंडितों के साथ बहुत सरकार ने बहुत अन्याय किया था जिसे इस फिल्म ने दिखाया है आज तक उस चीज़ को हमें छुपाया गया था बहुत बहुत सारे अपशब्द लोग अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इस फिल्म को रिव्यू को देने में और सबसे बड़ी बात है ये है कि इस फिल्म के सपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं तो अब सवाल ये लाजमी बन जाता है कि इस फिल्म की सच्चाई क्या है और इस फिल्म जिस घटना पर आधारित है उसके बारे में जानने का और क्या इस फिल्म का इस समय औचित्य है इन सब बातों को बातों पर विचार करने का लाजमी बन जाता है लोगों को विचार इस पर करना चाहिए यह फिल्म कश्मीर फाइल फिल्म वर्ष 1990 के कश्मीर घटना पर आधारित है इस समय भारत के प्रधानमंत्री पी थे और उनको समर्थन में थे भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी लाल कृष्ण अडवाणी जी ये सब प्रमुख नेता थे उस समय उस समय के सरकार के समर्थन में लेकिन अब जो फिल्म के दर्शक लोग देख रहे हैं वो इन लोगों को दोषी नहीं बता रहे हैं और दूसरे लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं उस घटना का दूसरी बात यह है कि इस फिल्म इस घटना या फिल्म कश्मीर फाइल जिस घटना पर आधारित है उस घटना में जो लोग मारे गए थे उसके बारे में सूचना के अधिकार के तहत ये प्राप्त आंकड़ा सामने आया है कि उस उस घटना में वर्ष उन्नीस सुन के कश्मीर के घटना में कुल 1724 व्यक्ति मारे गए थे जिसमें निवासी लोग कश्मीरी पंडित हिंदू थे वो मारे गए थे और बाकी मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग मारे गए थे अभी सबसे अधिक मारे जाने किसी घटना में सबसे अधिक मारे जाने की संख्या मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय के लोगों को है, लोगों की है तो फिर उन लोगों पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है इस सच्चाई को क्यों छुपाया जा रहा है तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो ई कश्मीर फिल्म के सपोर्ट में अपना वक्तव्य दे रहे हैं ऐसा खबर भारतीय मीडिया पर चल रहा है और ये जबकि ऐसा ही फिल्म ये बना था जब ये वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तब उनके शासनकाल में गोधरा कांड हुआ था गुजरात में दंगा हुआ था जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय भी बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे और उस पर एक फिल्म बनी थी जिस फिल्म को रिलीज किया गया किया गया भारत में लेकिन उस फिल्म को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे गुजरात में तब उस फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया था फिर जब सोशल घटना पर आधारित फिल्म गोधरा कांड को जब उन्होंने अपने राज में अपने शासन के समय रिलीज होने नहीं दिया तभी ये कश्मीर फाइल को जो सोशल घटना पर आधारित ही है उस फिल्म को रिलीज सपोर्ट क्यों कर रहे हैं ये सब और फिल्मों को जिस प्रकार से महिमा मंडल किया जा रहा है और इससे जुड़े इस घटना से जुड़े मुख्य तथ्य को छुपाया जा रहा है और गलत अर्थ में गलत अर्थ बताकर लोगों को प्रचार प्रक प्रचार किया जा रहा है प्रसार किया जा रहा है जिससे देश का लोकतंत्र का देश की लोकतंत्र का भला नहीं हो सकता बुरा ही हो सकता है इस इस जबकि इस फिल्म दो वर्ष दो में अभी के समय इस ऐसी फिल्म का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उससे ज़्यादा भयावह घटना हमारे देश के वर्तमान समय में कोरोना लॉकडाउन के समय घटित हो चुकी है कोरोना लॉकडाउन जब हुआ था महामारी कोरोना महामारी भारत में आया था और लॉकडाउन किया लॉकडाउन की घोषणा की थी वर्तमान सरकार ने तब लाखों की संख्या में हजारों किलोमीटर मजदूर लोग पैदल चलना पैदल ही घर आना शुरू कर दिए थे सरकारी व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं थी किसी प्रकार के व्यवस्था नहीं दी, दी गई थी जिसकी वजह से हजारों मज़दूर लोग भूखे प्यास से कोई सड़क पर सैकड़ों सड़क पर मर गए सैकड़ों रेलवे से कट कर मर गए जहां तहां मजदूरों की मौत हो गई उसके बाद महामारी और बढ़ा तब जब स्वास्थ्य चिकित्सा भात का चरमरा गया जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प तड़पने लगे तड़पते रहे और ऐसी खबर है कि गंगा में लाशें तैरती रही तैरने शुरू कर दी थी ये मात ये स्थिति भारत में आ गया था ये भी हाल का समय में आया है और उस पर से महंगाई उत, उतनी महामारी में किसी भी रोजगार लोगों को रोजगार बचाने के लिए बेरोजगारी भत्ता नहीं तक नहीं दिया गया और अभी महंगाई चरम सीमा पर चढ़ गई है और बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है भारत की आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरते जा रही है हंगर इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से पीछे हो गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से पीछे हो गया है ये सब घटनाओं पर फिल्म न बनाकर भारत के पुराने गड़े हुए मुर्दे पर फिल्म बनाया जा रहा है और उसको एक सामाजिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है विवाद उत्पन्न किया जा रहा है वो इसलिए कि इन वर्तमान बेरोजगारी महंगाई और कोरोना में लाखों लोग मारे गए जैसे घटना पर पर्दा डाल दिया जाए और बस यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद